भोपाल में मौसमी घटनाओं और चुनौतियों पर विशेष महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के करीब 400 से अधिक मौसम वैज्ञानिक कृषि मौसम वैज्ञानिक पर्यावरण विद और शोधार्थी शामिल होंगे इस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर के साथ प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की उन्तीस नवम्बर 2022 से 2 दिसंबर 2022 तक इस महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम विज्ञान विभाग और आई के संयुक्त प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आयोजन की मेजबानी का मौका मध्य प्रदेश को मिला है तैयारियों को लेकर भोपाल में कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल से डॉक्टर आर सुब्रमण्यम आईसर के प्रोफेसर पंकज कुमार और मौसम विभाग विशेषज्ञ डॉक्टर जी जी मिश्रा के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की साथ ही तैयारियों के सिलसिले में मंत्री पटेल से मार्गदर्शन लिया इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया भी उपस्थित थे